हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आलोक अकेडमी में आपका स्वागत है मैं राजेंद्र प्रसाद आज के कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग जो आरएस और आरटीएस परीक्षा का सलेबस है उसके अंतर्गत जो इतिहास का टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग जो इतिहास विषय से भारत के इतिहास विषय से प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत और जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत टॉपिक पूछे जाते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ठीक है आर एस परीक्षा की अगर बात करें तो राज्य की प्रतिष्ठित परीक्षा है और एक जो भी गंभीर विद्यार्थी होता है उसका सपना होता है कि मैं राज्य की इस प्रति सेवा के अंतर्गत जाऊं और अपनी सेवाएं दूं खास करके जैसे एसडीएम का पद है या डीएसपी का पद है उसके प्रति जो युवा हैं उनके काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो आकर्षण होता है और भारत की अगर बात करें तो जो यूपीएससी के अंतर्गत जैसे आई आईपीएस आईएफएस आई इन परीक्षाओं के बाद में अगर राजस्थान स्तर की किसी परीक्षा की चर्चा होती है तो वो है आरएस की परीक्षा ठीक है तो जब ये सेवा एक तरीके से प्रतिष्ठित सेवा है राज्य की मुख्य एक आकर्षण का केंद्र इसको माना जाता है सेवाओं के अंतर्गत तो इसका जो एग्जाम है वो भी एक समझदारी वाला एग्जाम होता है आपको इसमें अगर चैन होना है तो सटीक ढंग से और बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो हमारा अध्ययन है और इस अध्ययन के दौरान जो सावधानी हम बरतते हैं वो भी एक तरीके से काफ़ी सजी साफ़ सुथरी होनी चाहिए या फिर कह सकते हैं कि अंडर द गाइडेंस हमारा जो प्रोसेस है वो होना चाहिए ठीक है अब इसके अंतर्गत हमें करना क्या है कि जो भी गंभीर विद्यार्थी इस सेवा के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसको एक तो जो योग्यता है बीए हमारा कम से कम बैचलर डिग्री हमारे पास में होनी चाहिए उसके बाद में हमें जो सेलेबस है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ठीक है कि क्या क्या विषय इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं कहां-कहां हम अपने आप को टॉपिक्स के अंदर सहूलियत महसूस करते हैं कहां पर हमें दिक्कत है उन चीज़ों के बारे में हमें सेलेबस के द्वारा उन चीज़ों को देख लेना चाहिए फिर हमें जो पुस्तकें हैं ऐसा नहीं है कि जो बाजार के अंदर कचरा मिलता है आप गए और किसी भी पुस्तक को उठा करके ले आ गए ले करके आर के अध्ययन की शुरुआत कर दी या फिर तैयारी में लग गए ऐसा नहीं है आपको जो ऑथेंटिक बुक हैं उनका चयन करना है कम पुस्तकें होनी चाहिए लेकिन जो प्रॉपर वे में आपके सेलेबस को कवर करती हो आपकी तव, जो तैयारी है उसको मजबूत करती हो आपकी जो अवधारणात्मक समझ है उसको क्लियर करती हूँ तो ऐसी पुस्तकें आप इस परीक्षा के लिए चयन करोगे और उसके बाद में किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्था के गाइडेंस में आपको क्या है इसकी तैयारी करनी है जैसे मान लीजिए कई सफल व्यक्ति होते हैं जो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हैं आपको इस विषय इस परीक्षा के बारे में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में आपको समझ सकती है आपके डेवलप कर सकते हैं खास करके जो आर.एस. की मुख्य परीक्षा होती है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं सलाह मशवरा की ज़रूरत होती है जो लेखन शैली है उसको सुधारने की उसको कैसे हम सही और सटीक ढंग से एक अच्छा आंसर लिखें इसके बारे में आपको जानकारी लेना जरूरी होता है लेना या फिर उसको एक तरीके से उसको प्रैक्टिस में लाना आपके लिए जरूरी होता है और उसके लिए थोड़ा क्या है कि हमें किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है ठीक है और वो कोई संस्था हो सकती है या कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है जो आपको समय समय के ऊपर क्या है उचित मार्गदर्शन करे ताकि आप सफलता की ओर अग्रसर हों ठीक है तो हमें करना क्या है आरएसओ ए एस चाहे आई इन सेवाओं के लिए क्या है एक तो सबसे पहले हमें अपना खुद का मैनेजमेंट करना है ठीक है एक व्यवस्थित जीवन शैली हमारी होनी चाहिए और जो पुस्तकों का संग्रह है वो कम होना चाहिए लेकिन जो प्रॉपर पुस्तकें हैं जो ऑथेंटिक बुक हैं उनका संग्रह हमारे पास में होना चाहिए जो प्रत्येक बिंदु के लिए हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करती हो ठीक है उनका बार बार अध्ययन हमें करना चाहिए ना कि जैसे मान लीजिए कि एक ही टॉपिक के लिए हम पाँच पुस्तकें पढ़ रहे हैं हमारी क्लियर एक भी चीज़ नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है हमें किसी के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के साथ मिलकर के चीज़ों को पहले समझना चाहिए उसके द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाता है किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उसको लेकर के हमें उन पुस्तकों का गंभीर तरीके से अध्ययन करना चाहिए जो अवधारणाएँ उनमें दी गई हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हमें सहूलियतें प्रदान करती है उनको क्लियर करना चाहिए और फिर जो मेंस का एग्जाम है आर एस का हो या आई एस का जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम है उसके लिए हमें गंभीर प्रयास करना चाहिए ठीक है उसमें हमें जो पिछले पाँच छः साल पुराने जो क्वेश्चन है उनको हमें देखना चाहिए और उनका क्या है हमें बिंदुवार विश्लेषण करना चाहिए ठीक है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है पूछ क्या रहा है उसकी डिमांड क्या है मतलब क्वेश्चन की उसके ऊपर फोकस करना चाहिए मैं इसमें कितना पारंगत हूँ यानी कितना ए, समझ शक्ति के साथ में मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ या मेरे से कहीं पर त्रुटि हो रही है तो मैं इसको सुधारूंगा कैसे कौन व्यक्ति मेरे को सही समय इसके संबंध में सही सलाह दे सकता है कितने मार्क्स मैं इसमें गेन कर सकता हूँ या मेरी लिखने की शैली है उसमें क्या कमियाँ हैं ये प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं आपको किसी मार्गदर्शन में रह करके कोई प्रोफेसर हो सकता है आपके कॉलेज का लेक्चरर हो सकते हैं किसी संस्था जो प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं होती हैं उनके माध्यम से बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको प्रॉपर वे में आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं जो आ, पहले से इन सेवाओं में जो सेलेक्टेड हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग ऐसे होते हैं जो आने वाले युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं आप उनसे सलाह ले सकते हैं और जो कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सफल नहीं हो पाते लेकिन उनके पास में एक अच्छा अनुभव होता है हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि असफल होना क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफल होना असफल होना ये चलता रहता है लेकिन उनके पास में क्या है एक अच्छा अनुभव होता है हम उसको उसका लाभ ले करके आगे बढ़ सकते हैं तो यही है इस परीक्षा के लिए हमें सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो है हमारा एक तो प्रॉपर वे में मैनेजमेंट होना चाहिए हमारा और उस प्रॉपर मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें चीज़ों को अंडर द गाइडेंस किसी के मार्गदर्शन में हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें देगी कम समय के अंतर्गत हमें सफलता दिलाएगी कम पुस्तकें पढ़नी हैं और जो डेली रूटीन की जो समाचार होते हैं या फिर जैसे मान लीजिए संपादी संपादकीय लेख होते हैं जो भी अच्छे अखबार हैं जैसे हिंदू है और इंडियन एक्सप्रेस है या फिर हिंदी अखबार हैं जैसे भास्कर है राजस्थान पत्रिका है जनसत्ता है इनके अंतर्गत जो बढ़िया बढ़िया लेख आते हैं इकोनॉमी से संबंधित जो सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर के या फिर कोई भी तत्कालीन गंभीर मुद्दा होता है उसको लेकर के जो संपादकीय लेख आते हैं उनको हमें गंभीरता से पढ़ना है उनका विश्लेषण करना है तो ये क्या है इस परीक्षा के एक तरीके से जो जो मुख्य चर्चा का विषय होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया और इस एग्जाम का एक कोई शॉर्टकट नहीं होता है ठीक है आप कोई बड़ी सफलता लेना चाहते हैं तो उसको आप किसी शॉर्टकट माध्यम से नहीं ले सकते उसके लिए आपको गंभीर प्रयास करना पड़ता है कई बार असफल भी होना पड़ता है और कई बारी हम कम समय में भी सफल हो जाते हैं लेकिन हमें क्या है मार्ग उचित मार्ग का पालन करना है और गंभीर प्रयास करना है और मार्गदर्शन में रह करके हमें सफलता हासिल करनी है अब हम चर्चा करते हैं जो आरएस के अंतर्गत इतिहास विषय की जो प्रारंभिक परीक्षा में जो बिंदु होते हैं या टॉपिक्स जो दिए गए हैं उनके बारे में ठीक है तो आरएस के अंतर्गत हम लोग बात करें तो जैसे राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं इसके अंतर्गत आरएस है और जो अन्य सेवाएं हैं उनके बारे में और जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी ठीक है प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत बात करें तो इसमें क्या है कि 200 मार्क्स का पेपर होता है और 150 इसमें क्वेश्चंस आते हैं ठीक है 200 मार्क्स और 150 क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें ठीक है अगर आप गलत करते हो इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग होती है और लगभग तीन घंटे का यह पेपर होता है घंटे का पेपर होता है और इस पूरे पेपर के अंतर्गत जो इतिहास का टॉपिक है उसके बारे में आपको बताऊंगा अब जैसे मान लीजिए पर हमें दे रखा है है प्राचीन काल काल एवं मध्य ठीक है? जो एंशियंट इंडिया है और जो मिडाइव इंडिया है उसके टॉपिक से यहां पर हमें क्लियर करने हैं और इसके अंतर्गत दे रखा है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की, की प्रमुख विशेषताएं ठीक है एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं ठीक है जो सेंटेंस हमारे पास में है उसमें दे रखा है कि जो प्राचीन और मध्यकाल है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में हमें पूछ रहा है तो विशेषताओं की अगर बात करें तो प्राचीन और मध्यकाल के अंतर्गत एक तो जैसे राजतंत्र जैसे राजनीति की बात करें तो कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर गणतंत्रात्मक संस्थाएं विकसित होती हैं कभी राजतंत्रात्मक संस्थाएं विकसित होती हैं कभी बड़े विशाल साम्राज्य बनते हैं जैसे मौर्य काल है गुप्त काल है कभी छोटी छोटी शक्तियों के रूप में भारत बढ़ जाता है ठीक है तो इस तरह की हमें अलग अलग विशेषताएँ भारत के अंतर्गत प्राचीन काल में और मध्यकाल में देखने को मिलती हैं मध्यकाल में जैसे तंत्रकाल के अंतर्गत बड़ा विशाल साम्राज्य बनता है मुगल काल में अकबर के समय में जहांगीर के समय में बड़ा विस्तृत साम्राज्य भारत में बनता है इसी अगर प्राचीन और मध्यकाल के धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो हमें रिग्वेद कालीन जो धार्मिक व्यवस्था है वो देखने को मिलती है जिसको ब्राह्मण धर्म के धर्म भी बोला जाता है और हमें प्राचीन काल के अंदर बौद्ध जैन और अन्य दर्शन भी देखने को मिलते हैं मध्यकाल के अंतर्गत देखते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है इस्लाम का प्रचार होता है तो ऐसे क्या है समय समय के अंतर्गत यहाँ पर हमारे जो प्राचीन और मध्यकाल की जो धार्मिक जीवन की विशेषताएं हैं है, ये भी देखने को मिलती हैं आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करें या विशेषताओं के बारे में अगर बात करें प्राचीन और मध्य की तो होता क्या है कि हमें व्यापार वाणिज्य आधारित व्यवस्थाएँ भी देखने को मिलती हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है प्राचीन काल का जो पाषाण कालीन मानव है वो क्या है शिकार और पशुपालन जैसी चीजों के ऊपर जीता है ठीक है आगे अगर बात करें वैदिक काल का जो समाज है वो भी पशुपालन आधारित समाज के रूप में जीता है लेकिन जैसे बाद में मौर्य काल गुप्त काल हर्ष के समय क्या है हमें व्यापार वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है तो समय समय के ऊपर क्या है परिवर्तनशील जीवन की विशेषताएँ हमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी देखने को मिलती है तो कभी कृषि आधारित जीवन है कभी व्यापार वाणिज्य आधारित है कभी दोनों एक साथ में है कभी नगरीकरण का नगरीकरण हमें विस्तृत रूप में देखने को मिलता है कभी उसका पतन हो जाता है ठीक है तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर हमने विशेषताओं के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखा धर्म के बारे में देखा अर्थव्यवस्था के बारे में देखा सामाजिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत हमें शुरुआत के अंतर्गत कबीलाई समाज दिखता है जो इधर उधर कबीलों के अंदर बटा हुआ था जैसे वैदिक काल की अगर बात करें या उससे पहले का देखें लेकिन बाद में क्या होता है कि परिवार जैसी इकाइयां बनने लग जाती हैं और फिर समाज बड़े बड़े समाज एक सामाजिक ढांचे के रूप में जो जीवन है वो व्यवस्थित तरीके से जीने लग जाता है वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में आ जाती है जातियां आ जाती हैं ठीक है तो ऐसे क्या है सामाजिक जीवन के अंतर्गत भी हमें और फिर उस सामाजिक जीवन में हमें सांस्कृतिक विकास भी दिखता है सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि अलग अलग जो समाज हैं उनके परिवेश अलग हैं खान अलग बन जाते हैं और जो पहनावा है वो अलग हो जाता है तीज त्यौहार हैं वो अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं तो ऐसे क्या है हमारे जीवन में या कह सकते हैं प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल तक क्या है अलग अलग तरह की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं ठीक है ठीके? और ये जो विशेषताएं हैं ये हमें राजनीति के अंतर्गत भी दिखती हैं धर्म के अंदर भी दिखती है अर्थव्यवस्था में भी दिखती है और समाज के अंतर्गत भी दिखती है ठीक है यानी जैसे जैसे समाज सॉरी समय आगे बढ़ता है तो वो क्या है उसमें परिवर्तन भी दिखने लग जाता है और वो ही क्या है हमारे जीवन की या फिर प्राचीन और मध्यकाल का जो जीवन है उसकी विशेषताओं के रूप में हम अध्ययन करते हैं ठीक है अब ऐतिहासिक घटनाएं की अगर बात करें तो घटनाओं के अंतर्गत क्या है कि समय के साथ में क्या होता है परिवर्तन होता है और परिवर्तन क्या है उसके अंतर्गत कई घटनाएं हमें देखने को मिलती है ठीक है जैसे मान लीजिए कि प्राचीन काल के अंतर्गत पाषाण का जीवन है पाषाण काल के अंतर्गत जैसे अग्नि का आविष्कार होता है पहे का आविष्कार होता है कृषि कार्य करने लग जाते हैं तो ये क्या है ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं एक तरीके से ठीक है आगे अगर देखें तो हड़पा के अंतर्गत हमें एक अलग तरह का जीवन देखने को मिलता है विस्तृत नगरीकरण देखने को मिलता है तो ये भी क्या है एक अलग तरह का घटनाक्रम है उस समय में वैदिक काल में देखें तो बिल्कुल उल्टा हमें दिखाई देता है वहाँ पर क्या है हमें पशुपालन आधारित जीवन देखने को मिलता है फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं छठी शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत हमें नगरीकरण दिखता है ठीक है जो मध्य गंगा के मैदान हैं यहाँ पर क्या है बड़े बड़े नगरों का विकास होता है व्यापार वाणिज्य का विकास होने लग जाता है फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य का विकास होता है जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी शक्ति के रूप में यानी यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है आगे देखते हैं तो गुप्त काल के अंतर्गत कई तरह का सांस्कृतिक विकास होता है तो ये क्या है जैसे जैसे समय बदलता है तो ए, परिवर्तन होता रहता है और उसमें क्या है कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए क्रांतिकारी होती हैं ठीक है आगे जैसे देखते हैं हर्ष के बाद में क्या होता है कि छोटे छोटे राज्यों के अंदर भारत बंटने लग जाता है ठीक है अब इन छोटे छोटे राज्यों का एक तरीके से क्या है ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे तो इनका जो संगठनात्मक ढांचा था वो कमजोर था ये एक दूसरे को सहयोग नहीं करते थे अब ऐसे में क्या होता है कि जो मुस्लिम उत्तर भारत से क्या है मुस्लिम आक्रमणकारी कार, आते हैं और भारत को कब्जे में कर लेते हैं धीरे धीरे तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है ठीक है बाद में क्या होता है कि भारत में दिल्ली को केंद्र बना कर के सल्तनतकाल और आ, मुगल काल के रूप में दो बड़ी मुस्लिम शक्तियां भारत पर राज करती हैं ठीक है काफी लंबे समय तक तो यह भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ठीक है इस तरीके से क्या है कि इतिहास के क्रमिक विकास के अंतर्गत हमें कई तरह की घटनाएं देखती हैं, जो इतिहास को अलग अलग मोड़ देते हुए आगे बढ़ती है ठीक है आगे अगर बात करें तो प्राचीन और मध्यकाल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इसी के समय की जो कला है संस्कृति है साहित्य है स्थापत्य है उसके बारे में पूछ रहा है ठीक है तो मानव है मानव अपने विकास के साथ साथ में क्या है कि उसके साथ में ये चीजें अवश्य जुड़ जाती हैं जैसे स्थापत्य कला है क्योंकि रहेगा तो वो आवास भी बनाएगा और साहित्य है संस्कृति है कला है ये क्या है मानव के बौद्धिक विकास को भी इंगित करती है जितना ज़्यादा मनुष्य ज़्यादा समृद्ध होता है तो वहाँ पर क्या है जो सृजनात्मक कलाएं हैं उनका ज़्यादा विकास होता है ठीक है तो प्राचीन काल की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें कला के कई रूप देखने को मिलते हैं जैसे मान लीजिए जो पाषाण काल है उसमें हमें गुफाओं के अंदर या पत्थरों के ऊपर कई तरह की कलाएँ देखने को मिलती हैं जैसे शिकार करते हुए व्यक्ति की इस तरह तरीके से आगे हम बढ़ते हैं हड़पा के अंतर्गत हमें छोटी छोटी मूर्तियां देखने को मिलती हैं धातु की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं मिट्टी की भी देखने को मिलती हैं तो उससे क्या है कि हमारा हमारे को उस समय की जो जो मानव है उसका जो कला से लगाव है या उनका जो दर्शन है उसके बारे में पता चलता है ठीक है आगे जैसे ए, मौर्य काल के बारे में देखें तो मौर्य काल में हमें कला की कई तरह की जैसे मान लीजिए कि जो उनका के के अंतर्गत अंतर्गत बात करें तो निर्माण है पाटलिपुत्र वो महत्वपूर्ण है और जो इस समय जो स्तंभ बनते हैं या अभिलेख जो लिखे गए थे स्तंभों के ऊपर शिलालेखों के ऊपर वो भी कला के अद्भुत नम, नमूने हैं यहाँ पर यक्ष और यक्ष की मूर्तियाँ मिली हैं वो भी कला के अनुपम उदाहरण हैं तो ऐसे क्या है जैन और बौद्ध धर्म के समय का अगर साहित्य के हम बात करें तो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्य मिलता है जिसमें उस समय के समाज के बारे में धर्म के बारे में अर्थव्यवस्था के बारे में धार्मिक क्रियाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है ठीक है और समय समय के ऊपर जैसे मान लीजिए जै कौटल्य का अर्थशास्त्र है टले के शास्त्र से हमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में पता चलता है जो राजा के कार्य है उनके बारे में पता चलता है और जीवन के अन्य पक्ष हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है बाद में जो गुप्त काल में साहित्य लिखा गया तो उसमें भी क्या है काफी महत्वपूर्ण जैसे कालिदास के नाटक है तो उसमें एक तरीके से भारत का जो सांस्कृतिक जीवन है उस, उसके अनुपम उदाहरण उसमें देखने को मिलते हैं पंचतंत्र की कहानियां हैं उनसे जीवन की अनेक जो जीवन के अनेक पक्ष हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है तो ये क्या है इन चीजों को हमें एक तरीके से समग्रता से हमें इनका अध्ययन करना है ठीक है इन चीजों का हमें ओवरव्यू होना चाहिए एक अवधारणात्मक समझ हमें इन चीजों की होनी चाहिए ठीक है तो इस चीज के बारे में हमने बात की कला के बारे में संस्कृति के बारे में साहित्य और स्थापत्य के बारे में क्योंकि होता यह है कि समय समय के ऊपर क्या है इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है अलग अलग समय के अंतर्गत जैसे कभी संस्कृत के साहित्य ज़्यादा लिखे गए कभी प्राकृत और पाली भाषा में साहित्य ज़्यादा लिखा गया फिर अगर बात करें तो जो सल्तनत सल्तनतकाल और मुग़ल काल है उसमें हमें जो फारसी भाषा है अरबी भाषा है या उर्दू साहित्य है उसका विकास हमें देखने को मिलता है ठीक है और धीरे धीरे कई तरह के जैसे साहित्य की हम बात करें तो गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत क्या होता है क्षेत्रीय भाषाओं का और क्षेत्रीय लिपियों का विकास होता है तो उसमें भी हमें साहित्य काफी प्रचुरता से देखने को मिलता है ठीक है तो इस चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करना है और आज ए, के दृष्टिकोण से देखें तो एग्जाम में क्या है एग्जामिनर जो कला संस्कृति स्थापत्य और साहित्य से संबंधित क्वेश्चन हमें ज्यादा ए, हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ठीक है क्योंकि ये एक तरीके से मेंस का टॉपिक भी है और प्रिलिम्स का टॉपिक भी है तो एग्जामिनर का व्यू होता है कि दोनों एग्जामों में विद्यार्थी कंफर्ट रहे उसकी समझ ज्यादा विकसित हो तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जैसे मान लीजिए कला के बारे में गांधार कला क्या है तो उसके बारे में आपको पूछ लेगा मथुरा कला क्या है उसके बारे में पूछ लेगा ठीक है तो ये हमारी समझ इनके बारे में होनी चाहिए ठीक है साहित्य के बारे में जैसे मान लीजिए पाली भाषा में जो साहित्य लिखा गया था उसमें कथन कारण के रूप में पूछ सकता है सुध पिटक क्या है अभिदम पिटक क्या है उनके विषय क्या हैं कैसा उनमें दर्शन देखने को मिलता है इस तरीके से पूछ सकता है जो पुराण है उनके अंतर्गत हमें क्या मिलता है मैगसनिज की इंडिका है उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है तो ये क्या है हमारी इन चीज़ों से सम, जो समझ है हमारी वो अच्छी तरीके से डेवलप होनी चाहिए और ये कब होगी जब हम अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे ठीक है अगले टॉपिक के बारे में अगर देखें तो प्रमुख राजवंश उनकी प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ठीक है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे प्रमुख आंदोलन ठीक है तो प्राचीन और मध्यकाल के बारे में पूछ रहा है प्रमुख राजवंश प्रमुख राजवंशों की अगर बात करें तो प्राचीन काल में मोर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में होता है मगध को केंद्र बना करके या जो पाटलिपुत्र है अभी का जो पटना है उसको केंद्र बना करके काफ़ी बड़ा विस्तृत साम्राज्य इनके नेतृत्व में होता है खास करके जो चंद्रगुप्त मौर्य है और अशोक है इनके नेतृत्व में ठीक है फिर गुप्त काल के अंतर्गत हम देखते हैं तो समुद्र और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में काफ़ी विस्तृत साम्राज्य होता है ठीक है और फिर धीरे धीरे क्या है छोटे छोटे राजवंश में देखने को मिलते हैं जैसे दक्षिण के अंदर चोल चेर पांडे हैं और उत्तर के अंतर्गत जैसे राजपूत आ जाते हैं पाल आ जाते हैं और छोटी छोटी राजपूत शक्तियों के रूप में मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल में विकास होता है फिर बड़े साम्राज्य के रूप में सल्तनत काल के अंतर्गत और मुगल काल के अंतर्गत बड़े विस्तृत साम्राज्यों का निर्माण होता है तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मौर्य काल है तो इस समय क्या है विस्तृत साम्राज्य का निर्माण होता है फिर इसके बाद में छोटे छोटे राज्य आते हैं फिर गुप्त काल आता है फिर गुप्त काल के बाद में हर्ष थोड़ा विस्तार लिए हुए है लेकिन फिर छोटे छोटे राजवंश आ जाते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है और ये जो समय है गुप्त काल के बाद वाला गुप्तोत्तर काल के बाद से लेकर के और दसवीं शताब्दी के आसपास आजवा, आसपास तक का इसको सामंतवाद के नाम से जाना गया है फिर सल्तनत काल आता है और फिर मुगल काल आता है और बीच के अंतर्गत बीच बीच में क्या है छोटे छोटे राज्यों का विकास होता है तो छोटे छोटे राज्य क्या है कि अपनी सत्ताएं स्थापित करते हैं लेकिन उनके कुछ नेगेटिव पक्ष भी है और कुछ पॉजिटिव पक्ष भी है मैं नेगेटिव पक्षों की बात करें तो क्या है उनके ऊपर जो विदेशी शक्तियां हैं वो आसानी से अटैक करती थी या फिर कोई नया बड़ा साम्राज्य उद्भव होता था तो वो उसको कैप्चर कर लेता था लेकिन यहाँ पर हमें छोटी छोटी शक्तियों के अंतर्गत क्या है कला का साहित्य का संस्कृति का ये विकास बहुत अच्छा देखने को मिलता है ठीक है स्थापत्य कला का तो इस समय क्या है छोटे छोटे राजवंशों के अंतर्गत जो राजनीतिक पक्ष इनका भले ही कमजोर रहा हो लेकिन अन्य जो पक्ष हैं जो सांस्कृतिक पक्ष है खास करके वो काफी मजबूत देखने को मिलता है ठीक है प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो जैसे जैसा साम्राज्य रहा है जैसे मान लीजिए मौर्य साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य विस्तृत साम्राज्य होने के कारण क्या है इनका प्रशासनिक तंत्र भी काफी बड़ा था और यहाँ की खास बात यह है कि इस समय केंद्रीकृत व्यवस्था हमें देखने को मिलती है ठीक है यानी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी केंद्र बड़े से बड़ा अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक को रेगुलेट करता था उसके दिशा निर्देशन में ये कार्य होता था लेकिन बाद के समय में गुप्तकाल में थोड़े समय यह व्यवस्था चलती है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है और उसके अंतर्गत क्या होता है कि सामंतवादी जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है छोटे छोटे राज्य आ जाते हैं उनके नीचे छोटे राज्य जो सामंत हैं वो कार्य करते हैं फिर उनके नीचे जो किसान वर्ग है वो कार्य करता है तो इस तरीके से इस तरह का जो ढांचा होता है उसमें जो प्रशासनिक तंत्र है वो कमज़ोर दिखाई देता है ठीक है आगे अगर बात करें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें क्या है ज़्यादातर प्राचीन काल के अंतर्गत और मध्यकाल के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था आधारित समाज है वो दिखाई देता है सुप्रीम के अंतर्गत ब्राह्मण है फिर क्षत्रिय है वैश्य है और फिर शूद्र है ठीक है इनके अपने अपने कार्य हैं और जो व्यवस्था बनी हुई थे बनी हुई थी उसी के अनुसार ये कार्य करते थे कभी कभी क्या है परिवर्तन देखने को मिलता है और वो क्या है जो इनके कार्य हैं इनके अंतर्गत विचलन दिखता है तो क्या होता है कि ये दूसरे के कार्य को हड़पने की कोशिश करते हैं आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो हमें कृषि आधारित व्यवस्था देखने को मिलती है व्यापार आधारित व्यवस्था देखने को मिलती है और पशुपालन या ऐसे कह सकते हैं तीनों का मिश्रण हमें दिखाई देता है लेकिन एक चीज देखने को मिलती है कि प्राचीन और मध्यकाल के अंतर्गत मजबूत शक्तियाँ या केंद्रीकृत व्यवस्था जहाँ पर ज़्यादा समय रही है वहाँ का व्यापार कृषि और अर्थव्यवस्था एक तरीके से क्या है मजबूत दिखाई देती है वहाँ सिक्कों का प्रचलन रहा है और विदेशी व्यापार है वो भी समृद्ध दिखाई देता है लेकिन जहाँ छोटे छोटे राज्य बने और खास करके जो सामंतवादी ढांचा जो आता है उसके अंतर क्या है पतन भी दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि मुगल काल सॉरी मौर्य काल गुप्त काल हर्षवर्धन के समय कुछ समय तक सल्तनत काल में और मुगल काल में जब बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं तो क्या है हमारा जो विदेशी व्यापार है और आंतरिक व्यापार है मजबूत दिखाई देता है समृद्ध नगरीकरण में दिखाई देता है और लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी उच्च दिखाई देता है लेकिन जब छोटे छोटे राज्य बनते हैं या फिर जो सामंतवादी ढांचा बनता है छोटे राज्य बनते हैं तो ऐसे में क्या है लोगों के ऊपर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था लोगों को करने पर मजबूर किया जाता है और उससे क्या है उनके ऊपर करों का बोझ ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एकमात्र स्रोत क्या है कृषि होती है तो ऐसे में क्या है लोगों का जीवन स्तर भी फिर गिरने लग जाता है ठीक है तो इन चीजों की समझ हमें डेवलप करनी पड़ेगी आगे अगर देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे प्रमुख आंदोलन ठीक है सामाजिक मुद्दों की अगर बात करें तो हमें प्राचीन और मध्यकाल में क्या है जैसे खास करके स्त्रियों से संबंधित प्राचीन काल में क्या है स्त्रियों की दशा थोड़ी ठीक थी लेकिन बाद में क्या है सती प्रथा विधवा विवाह पर रोक और बाल विवाह कम उम्र में होने लग जाते हैं तो ऐसे में क्या है उनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं जीवन स्तर कमजोर होने लग जाता है जीवन स्तर में गिरावट आने लग जाती है शुद्रों की स्थिति है वो भी गंभीर देखने को मिलती है क्योंकि उनको क्या है एक तरीके से अधिकार विहीन जीवन जीने का जीवन जीना पड़ता है ठीक है तो ये एक तरीके से मुद्दे हैं और प्रमुख आंदोलन प्राचीन काल के अंतर्गत अगर देखें तो हमें बौद्धिक आंदोलन देखने को मिलते हैं जैन धर्म के रूप में और बौद्ध धर्म के रूप में ठीक है और मध्य काल की अगर हम बात करें तो भक्ति काल है ये भी एक आंदोलन था सूफी आंदोलन है तो इन्होंने क्या किया कि जो जन जीवन के अंतर्गत जो उनकी चेतना मर जाती है या वो एक जो ढर्रे पर जो उनका जीवन चलता रहता है और जो सामाजिक चिंतन जब लोगों का खत्म हो जाता है तो इन लोगों ने क्या है उनको पुनर चेत दोबारा से सोचने समझने की बुद्धि प्रदान की या समाज को एक नई दिशा देने का इन लोगों ने प्रयास किया ठीक है तो ये हमारे इस समय ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर हमें क्या है अवधारणात्मक एक तरीके से समझ विकसित करनी है इनको रटना नहीं है आप रटोगे तो कभी भी मतलब आर एस जैसी परीक्षा सही ढंग से प्रॉपर वे में सफल नहीं कर एक तरीके से क्लियर नहीं कर पाओगे हमें इसकी समझ विकसित करनी है रटने का काम तो एग्जाम से 10 से पंद्रह दिन पहले का होता है लेकिन हमारी समझ है वो पहले से विकसित होनी चाहिए ठीक है तो ये थे हमारे जो प्राचीन और मध्यकाल से संबंधित जो बिंदु हैं उनके बारे में और आगे हम देखते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत जो इस एग्जाम में पूछने वाले बिंदु हैं उनके बारे में आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास उसके अंतर्गत 18वीं शताब्दी के मध्य यानी लगभग 1750 से लेकर के वर्तमान तक की जो घटनाएं हैं उनके बारे में पूछ रहा है सत्रह सो पचास सत्रह हम जब प्लासी का युद्ध होता है उससे शुरू करें तो ऐसे में होता क्या है कि भारत में जो केंद्रीय शक्ति थी ए, मुगल काल मुगल सत्ता वो कमज़ोर पड़ जाती है और भारत में क्या है छोटे छोटे राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं जैसे हैदराबाद है बंगाल है अवध है राजपूताना की शक्तियाँ हैं मध्य भारत के अंतर्गत या पंजाब है ये क्या है मुगल सत्ता से अलग हटकर के उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और छोटे छोटे राजवंशों के रूप में इनका उदय होता है इसी समय भारत से विदेशी शक्तियां आती हैं पुर्त आते हैं एक कंपनी के रूप में आते हैं डच आते हैं अंग्रेज आते हैं फ्रांसीसी आते हैं लेकिन इनके अंतर्गत क्या है जो अंग्रेज सत्ता है या अंग्रेज कंपनी है वो क्या है एक चालाक शक्ति के रूप में आती है धीरे धीरे शक्ति संग्रह करती है या एक, एक क्या है कि के जनमानस को पहचान लेती है और फिर क्या है एक घुसपेटी की तरह क्या है भारत के अंदर धीरे-धीरे जगह बनाने लगती है और प्लासी के युद्ध सत्रह में पहली बार क्या है बंगाल के नवाब को हरा करके वो सत्ता हत्या लेते हैं और फिर धीरे धीरे क्या है भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं ठीक है तो यहां से इनका इतिहास शुरू होता है फिर धीरे धीरे क्या है पूरे भारत में इनका साम्राज्य स्थापित होता है इसके विरोध में क्या है सत्रह का जो प्लासी का एक तरफ तो क्या है अंग्रेज भारत में घुस रहे हैं दूसरी तरफ क्या है जैसे जैसे ये घुसते जा रहे हैं इनका विरोध भी हो रहा है ठीक है दूसरी तरफ क्या है विरोध हो रहा है जैसे प्लासी का युद्ध है बक्सर का युद्ध है ये क्या है विरोधी है 1857 का विरोध होता है ठीक जी है वो अंग्रेजी जो नीतियां हैं अंग्रेजी शासन की उनके विरोध में होता है ठीक है आगे अगर हम देखें तो जैसे इनका कोई एक्ट आता था ए, जैसे 1909 का है 1919 का है 1935 का है या इससे पहले जो एक्ट आते हैं तो उस समय समय के ऊपर क्या होता है इनका विरोध भी लगातार चलता रहता है ठीक है तो एक तरफ तो क्या है अंग्रेज सत्ता भारत में अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत करती है दूसरी तरफ जो भारतीय जनमानस है वो उनका लगातार विरोध भी कर रहा है और ये विरोध चलता है उन्नीस तक ठीक है तो होता ये है कि अंग्रेज भारत में आते हैं जो शक्तियाँ हैं उनको धीरे धीरे पराजित करते हैं नए नए नियम लाकर के अपनी व्यवस्था को मजबूत करते हैं ठीक है लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो भारतीय जनता है वो सत्रह में प्लासी के युद्ध में विरोध करती है बक्सर के युद्ध में विरोध करती है बाद में अठारह का जो विद्रोह होता है उसमें बड़े स्तर के ऊपर इनका विरोध किया जाता है फिर इनके विरोध में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तब बड़े स्तर के ऊपर विरोध किया जाता है छोटे छोटे जो क्रांतिकारी हैं वो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर इनका विरोध करते हैं ठीक है फिर ग्रम दल के विरोध में जैसे लाला लाजपत राय है बाल गंगाधर तिलक है, है इनके नेतृत्व में विरोध किया जाता है और फिर बड़े स्तर के ऊपर क्या होता है जब 1900 सॉरी जो गांधीवादी आंदोलन है चाहे वो एसओयोग आंदोलन हो सवैन्य अवज्ञा आंदोलन हो भारत छोड़ो आंदोलन हो इनके माध्यम से क्या है अंग्रेजों का विरोध किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से क्या है ये कार्यक्रम चलता है अंग्रेज आ रहे हैं सत्ता स्थापित कर रहे हैं और उनके साथ साथ में क्या है भारतीय भी उनका विरोध करते जाते हैं और ये चलता रहता है उन्नीस तक आगे अगर देखें तो प्रमुख घटनाएं जैसे अभी हमने बात की व्यक्तित्व और मुद्दे व्यक्तित्व के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि शुरू के अंतर्गत जो नवाब थे राजा थे वो एक व्यक्तित्व के रूप में है जो इनका विरोध करते हैं बाद में क्या है अठारह के अंतर्गत जैसे झांसी की रानी है तात्या टोपे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मुगल बादशाह था तो इस तरीके से क्या है ये व्यक्तित्व के रूप में हम इनको देख सकते हैं बाद में क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक है या अन्य बहुत सारे व्यक्ति है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी बलिदानी दी है भारत के लिए उनके बारे में हम लोग अध्ययन करें बाद में देखते हैं गांधी के साथ में बड़े स्तर के ऊपर लोगों का समूह जुड़ता है उसमें बड़े बड़े नेता भी होते हैं जैसे सुभाष बोस है पटेल है नेहरू है और अन्य लोग हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पर हम उनको अध्ययन कर सकते हैं आगे अगर देखें तो स्वतंत्रता तो तो तो तो तो तो संघर्ष संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ठीक है तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि अठारह जो अठारह के अंतर्गत कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो क्या है एक तरीके से भारत के लोगों को एक झंडे के नीचे ला करके या एक मंच प्रदान करके जो ब्रिटिश सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने के बारे में बनाई गई थी उसके लिए ये संगठन बनाया गया था ठीक है तो फिर इसके बैनर के नीचे क्या है लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई होती है उनके विरुद्ध अलग अलग तरीके से कार्यक्रम बनाए जाते हैं और एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जाता है ठीक है तो इसको हमें आ, सही ढंग से मतलब जैसे कई पुस्तकें ऐसी हैं जो बड़ो प्रॉपर वे में इस चीज को समझा रखी है जैसे विपिन चंद्रा की पुस्तक है तो उसका अध्ययन कर सकते हैं उसमें राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े अच्छे से समझा रखा है ठीक है विभिन्न अवस्थाएं इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान करता उनका योगदान ठीक है विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत हम देखें तो होता क्या है कि जैसे अठारह का विद्रोह होता है ठीक है उसके बाद में क्या है अठारह सौ में कांग्रेस की स्थापना होती है ठीक है फिर जैसे अठारह में कांग्रेस की स्थापना फिर नरम दल के नेतृत्व में विद्रोह होता है फिर गरम दल के नेतृत्व में होता है ठीक है और फिर गांधीवादी नेतृत्व होता है बीच बीच में क्या है ये कुछ व्यक्तिगत क्रांतिकारी भी होते हैं क्रांतिकारी संगठन भी होते हैं ठीक है जैसे भगत सिंह के भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद है बटुकेश्वर दत्त हैं इनसे पहले भी कई लोग हुए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत बलिदानी दी है तो इस तरीके से क्या है कि अवस्थाएं हैं अलग अलग समय की खास करके नरम दल गरम दल और गांधीवादी नेतृत्व तो है इन्होंने क्या है भारत को एक तरीके से संखित करने का प्रयास किया और जो आज़ादी है उसको पाने में हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि सहूलियत प्रदान की ठीक है आगे अगर देखें तो 19वीं-20वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन तो होता क्या है कि भारतीय समाज के अंदर कई रूढ़ियाँ फैली हुई थी सती प्रथा है विधवा विवाह पर रोक है जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था शूद्र वर्ण के जो लोग हैं उनके साथ में भेदभाव किया जाता था तो ऐसे में क्या है कई ऐसे महापुरुष आते हैं बालगंगा गंगा सॉरी जो खास करके बंगाल के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय है इनके नेतृत्व में बड़ा धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया जाता है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया एनीबेसेंट है ये जो पुरातन परंपराएं चली हुई थी उनके विद्रोह उनके विरोध में खड़े होते हैं और एक नई व्यवस्था समाज में लाने की कोशिश करते हैं ताकि जो रूढ़ीवादी परंपराएं हैं उनको तोड़ा जा सके महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार मिले सती प्रथा है उसके ऊपर रोक लगाई गई जो विधवा विवाह पर रो, रोक थी उसको समाप्त किया गया बालिकाओं का वध होता था उसके ऊपर रोक लगाई गई तो इस तरीके से क्या है हमें जो आधुनिक भारत है इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और इस व्यवस्था को सुधारने में अंग्रेजी जो सिस्टम है या अंग्रेजी जो गवर्नर वगैरह थे वाइस वगैरह उनका भी योगदान हमें मिलता है ठीक है आगे अगर बात करें तो स्वतंत्रता काल 1947 के समय की बातें हैं और राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत उन्नीस में आज़ाद हो जाता है ठीक है लेकिन उससे समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं समस्याओं की अगर हम बात करें तो इससे में क्या है एक तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता हो जाता है तो उससे काफ़ी हमें नुकसान उठाना पड़ता है काफ़ी लोगों को जान की जान गवानी पड़ती है बाद में क्या है कश्मीर हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे जो क्षेत्र हैं और अन्य जो छोटी छोटी शक्तियाँ थीं उनका पुनर्गठन किया जाता है उनको भारत में मिलाया जाता है कईयों को अलग किया जाता है तो यह भी एक समस्या थी और इस तरीके से क्या है कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे गृहमंत्री भी थे इनके नेतृत्व में क्या है इस कार्य को अंजाम दिया जाता है भारत का छोटी छोटी काफी बड़ी मात्रा में जो रियासत थी उनका एकीकरण होता है तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक ओवरव्यू के अंतर्गत हमें इन चीजों को समझना है अगर ये समझ लेते हैं तो हमारे सामने किसी भी तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से हल कर देंगे ठीक है आगे हम देखते हैं जो मुख्य परीक्षा से संबंधित बिंदु है उनके बारे में ठीक है मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत चार पेपर होते हैं जीएस के जनरल स्टडी के उसमें तीन तो जी के होते हैं और एक पेपर है वो होता है हिंदी और अंग्रेजी का हिंदी एंड इंग्लिश का ठीक है और टोटल ये पेपर होता है 800 नंबर का दो दो सौ नंबर के ये पेपर होते हैं जी और ए, हिंदी और अंग्रेजी के ठीक है तो तीन पेपर तो जी के हो गए और एक पेपर हो गया हिंदी और इंग्लिश का टोटल 800 सौ मार्क्स का हमारा मेंस का एग्जाम होता है अब इसमें जो इतिहास है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें जो अभी हमने प्रारंभिक परीक्षा के के अंतर्गत चर्चा की उसी तरह टॉपिक टॉपिक हैं कुछ हटकर के हैं हट है। जैसे वर्ड का जो टॉपिक है वो अलग है थोड़ा सा इसमें क्या है भारतीय द्रोवर ठीक है जो हमारी धरोहर है उससे रिलेटेड यहां पर सेंटेंस दिया गया है सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएँ ठीक है ये जो फाइन आर्ट होती है उसके बारे में पूछ रहा है प्रदर्शन कलाएँ वास्तु परंपरा और साहित्य ठीक है एंशियंट से लेकर के जो आधुनिक भारत है उसके अंतर्गत जो हमारी विभिन्न प्रकार की कलाएँ हैं उसके बारे में हमें समझ विकसित करनी है जैसे मान लीजिए नृत्य कलाएँ हैं चित्रकलाएँ हैं और अलग अलग तरह की जैसे वास्तु से संबंधित अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं पेंटिंग्स हैं उन सब के बारे में हमें समझ विकसित करनी होगी ठीक है उनकी क्या क्या उस उस कला के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है या फिर कैसे लोगों द्वारा वो किया जाता था कौन सा जैसे मान लीजिए कि कह सकते हैं अगर जनजातीय कलाकृतियाँ हैं जनजातीय आर्ट से संबंधित है तो हमें उस तरीके से उनको समझना है या फिर जो नगरीय जीवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कलाएं चलती थी उनके बारे में हमें अलग से समझ विकसित करनी है ठीक है तो ये हमें क्या है एक तरीके से एंशियंट इंडिया से लेकर के अब आधुनिक भारत का जो कला के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है प्राचीन मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन धर्म दर्शन प्राचीन मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन ठीक है अब यहाँ पर क्या है धर्म से संबंधित पूछ रहा है तो जैसे वैदिक समाज है उसका अपना धर्म है उपनिषदों के अंतर्गत हमें क्या मिलता है ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है ठीक है इन चीज़ों को समझना है जैन धर्म में बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसको हमें यहाँ पर समझना है ठीक है और अन्य जैसे मान लीजिए आजीविक संप्रदाय है और अलग अलग तरह के जैसे चारवाक दर्शन है इन सब के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी समझ ज़रूर होनी चाहिए अगर ए, फिर ए, बाद की अगर हम बात करें तो भक्ति काल आता है सूपी आता है जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए शंकराचार्य हैं रामानुज है मीरा है कबीर हैं रास हैं इनका योगदान हमें पढ़ना है ठीक है ख्वाजा मोद्द्दीन चिश्ती हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है यानी एक लंबी ये परंपरा है भक्ति काल की सूपी काल की इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए निर्गुण धारा क्या होती है सगुण धारा क्या होती है उसको समझना है ठीक है तो इनके संबंध में भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से उन्नीस सौ ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास ठीक है महत्वपूर्ण घटनाक्रम व्यक्तित्व और मुद्दे ठीक है 19वीं-20वीं शताब्दी के बारे में पूछ रहा है और उन्नीस तक तो इसके अंतर्गत हम लोग दे सकते हैं 19वीं-20वीं शताब्दी के अंतर्गत खास करके जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है जैसे मान लीजिए बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग हैं नोरोजी हैं और बिपिन चंद्रा पाल हैं ये शुरुआती हैं फिर बाद के अंतर्गत क्या है जैसे गांधी जी आ जाते हैं और नेहरू हैं पटेल हैं भगत सिंह है चंद्रशेखर आजाद है आज़ादकर है अंबेडकर है जिन्ना है तो इन लोगों के व्यक्तित्व के बारे में हमें पढ़ना है ठीक है इनका राजनीति से लेकर के या फिर समाज के बारे में अगर इनका दर्शन मिलता है तो उसके बारे में इनका क्या विचार है, इन सब चीज़ों को देखना है ठीक है महत्वपूर्ण घटनाक्रम अब इस समय का महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है अभी हमने देखा था राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर महत्वपूर्ण है जिसके अंतर्गत होता क्या है कि 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद में अठारह में कांग्रेस की स्थापना होती है 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन होता है 1909 में अंग्रेजों द्वारा एक एक्ट लाया जाता है फिर 1919 में अंग्रेज एक और एक्ट ला रहे हैं जिससे क्या है भारत में उनकी जो सत्ता है उसको मजबूत कर रहे हैं और फूट डालने का कार्य कर रहे हैं भारत के अंतर्गत ठीक है उन्नीस फिर उन्नीस 19... 20 के आसपास जो असहयोग आंदोलन होता है वो काफी महत्वपूर्ण है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है उसके बारे में हमें देखना है भारत छोड़ो आंदोलन है उसके बारे में देखना है ठीक है और बीच बीच के अंतर्गत जैसे कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं उनमें क्या है काफी महत्वपूर्ण घटनाएं या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रपोजल दिए जाते हैं भारत को आजाद कराने के उनके बारे में देखना है ठीक है व्यक्तित्व और मुद्दे ठीक है तो इन चीजों के बारे में हमने चर्चा कर ली ये क्या है हमारे को क्या है इनसे संबंधित एक न, कह सकते हैं गंभीर तरीके से इनका अध्ययन करके और एक अच्छी समझ हमें डेवलप करनी पड़ेगी ठीक है रटना नहीं है जैसे एन जैसी पुस्तकें पढ़ करके हम इनको बहुत ही अच्छे से बड़ा बेहतरीन तरीके से ये समझ विकसित कर सकते हैं ठीक है आगे अगर बात करें 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ठीक है तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंतर्गत हमने जैसे प्रलिम्स वाले टॉपिक में बात की थी तो राजा राम मोहन राय है दयानंद सरस्वती है रविंद्रनाथ टैगोर हैं और ए, जैसे और कई लोग हैं जिन्होंने क्या है समाज के बारे में जो रूढ़ियाँ थी उनको उखाड़ फेंकने के लिए या फिर जो परंपरागत रूप से खास करके स्त्रियों को दबाने के लिए दबाने के लिए जो परंपराएं बनाई गई थी सती प्रथा है बालिका वध है दहेज प्रथा है बाल विवाह है ऐसी चीज़ों को ये उखाड़ फेंकना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे ताकि जनता है वो वह एक तरीके से नए समाज का एक ढांचा प्रस्तुत कर सके तो इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है स्वतंत्रता उत्तरोत्तर ठीक है पुनर्गठन देशी रियासतों का विलय तथा राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन तो देश आजाद हो जाता है 1947 में उसके बाद में जो पुनर्गठन होता है पाकिस्तान अलग हो रहा है और भारत एक नई शक्ति के रूप में उदय होता है भारत का साथ साथ में क्या है छोटी छोटी जो शक्तियाँ हैं उनका हम विलय कर रहे हैं जैसे हैदराबाद है जूनागढ़ है कश्मीर है ऐसी समस्याएं हमारे साथ में आती हैं ठीक है देसी रियासतें थीं छोटी छोटी उनको मिलाया जाता है क्योंकि कई नानुपूर कर रहे थे तो उनको किसी को सैनिक शक्ति के बल के ऊपर किसी को समझा बुझा करके मिलाया जाता है ठीक है और भाषाई आधार पर पुनर्गठन फिर क्या होता है कि जैसे हैदराबाद जैसे राज्य हैं इनका क्या है बाद में भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाता है क्योंकि यह भी एक गंभीर मुद्दा था ठीक है तो आजादी के बाद में ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं मेंस का एक टॉपिक है आधुनिक विश्व का इतिहास और इसके अंतर्गत हम बात करें तो पुनर्जागरण धर्म सुधार ये महत्वपूर्ण तो टॉपिक है पुनर्जागरण और धर्म सुधार के ये प्रारंभिक जब आधुनिक भारत का हम अध्ययन करते हैं तो उससे जुड़े हुए टॉपिक हैं ठीक है प्रबोधन औद्योगिक क्रांति ये आगे के टॉपिक हैं एशिया अफ्रीका में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद ठीक है और विश्वयुद्धों का प्रभाव तो एक तरीके से जो विश्व इतिहास के टॉपिक हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम इनको ज्यादा विस्तार नहीं देंगे क्योंकि इससे क्या है टॉपिक बिखर जाएगा लेकिन हमें क्या है इन चीज़ों के बारे में भी हमारी समझ डेवलप होनी चाहिए प्रबोधन क्या होता है वो उसकी परिभाषा में आनी चाहिए पुनर्जागरण क्या है उसके बारे में हमारी समझ होनी चाहिए धर्म सुधार आंदोलन कैसे हुए कब हुए ये चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए ठीक है अफ्रीका और एशिया है उन्हीं में साम्राज्यवाद क्यों होता है उपनिवेशवाद के अंतर्गत यहीं पर कॉलोनियाँ क्यों बनती हैं अंग्रेज यहीं पर क्यों आते हैं क्या कारण थे उसके बारे में हमें समझ होनी चाहिए ठीक है और विश्व युद्धों का जो दो विश्वयुद्ध होते हैं प्रथम और द्वितीय इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं कितनी हानि होती है इसके बारे में हमारी समझ होनी चाहिए तो इस तरीके से हमने क्या है प्राचीन भारत मध्यकाल और आधुनिक भारत और जो वर्ड हिस्ट्री है उसको प्री और मेंस के संदर्भ में देखा अब हम कुछ पुस्तकें हैं जो हमें इनके बारे में जो समझ सकती हमारी डेवलप करती हैं या हमें उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए उनके बारे में थोड़ा देखते हैं जैसे मान लीजिए प्राचीन भारतीय अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बेहतर बुक है राम शरण शर्मा की एन आती है एक ये, ये क्लास इलेव इलेवेंथ में पढ़ी जाती है ठीक है तो ये सबसे बेस्ट बुक है जिसके माध्यम से हम हमारी जो प्राचीन भारत की समझ है उसको बहुत ही बेहतर ढंग से हम विकसित कर सकते हैं ठीक है और अगर ये नहीं मिलती है तो हम क्या है जो राजस्थान अध्ययन की सामग्री है खास करके इलेवेंथ और ट्वेल्थ की जो बुक्स आती हैं उनको हम पढ़ सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर भी हमारे क्या है एन सी पुस्तकें चल रही हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं ठीक है मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल के लिए सतीश चंद्र हैं इनकी एन आती है सचिन चंद्रा के नाम से ये एनसीआरटी काफी अच्छे ढंग से मध्यकाल को ध्यान में रखकर के लिखी गई है और हमारी मध्यकाल से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको ये क्लियर कर देंगी ठीक है आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत के लिए हमें विपिन चंद्रा विपिन चंद्र की पुस्तक है इसको हम पढ़ सकते हैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता से संबंधित जो पुस्तक लिखी गई है उसको और अगर हम मेंस के लिए पढ़ रहे तो इसके दो वॉल्यूम आते हैं उनके बारे में उनको दोनों को हम पढ़ सकते हैं ठीक है आगे अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है उसको हम पढ़ सकते हैं ठीक है ये दोनों पुस्तकें क्या है हमारी समझ शक्ति को विकसित करेंगी और दोनों को मिलाकर के क्या है हम आसानी से जो आधुनिक भारत है उसको समझ सकते हैं ठीक है या फिर किसी कक्षा कार्यक्रम का या नोट्स वगैरह लेकर के हम तीनों को मिलाकर के आसानी से हमारा हमारी जो समझ है उसको विकसित कर सकते हैं ठीक है आगे विश्व इतिहास के बारे में अगर बात करें विश्व इतिहास के बारे में तो एक तो एनसीआरटिया हैं, एनसीआरटी इसकी मिल जाएंगी विश्वविद्यालय या फिर इग्नू के जो इग्नू है उसके बुकलेट इसके संदर्भ में मिल सकते हैं आधुनिक भारत के और एक पुस्तक और है अगर आप मेंस दे रहे हैं तो दीनानाथ वर्मा की यह पटना पब्लिकेशन से पटना से छपी हुई पुस्तक है दीनानाथ वर्मा की तो ये विश्व इतिहास से संबंधित हमारी समझ शक्ति को विकसित करती है अच्छे तरीके से और अगर आप कला और संस्कृति से संबंधित स्पेशल कुछ पढ़ना चाहते हैं कला एवं संस्कृति तो इसके लिए क्या है नितिन सिंघानिया है नितिन सिंगानिया तो नितिन सिंघानिया की जो पुस्तक है कला एवं संस्कृति की वो आपको आर एस आई दोनों एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्प करेगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन परीक्षाओं को पास करने के लिए वो क्या है हमारा प्रॉपर वे में मार्गदर्शन होना चाहिए और अच्छी किताबों का हमारे पास में कलेक्शन होना चाहिए उनके द्वारा हम इस परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर देंगे एक साथ साथ में हमारा जो व्यक्तित्व है ख़ास करके जो हमारा बोलने का ढंग है वो काफ़ी हेल्प करता है इंटरव्यू के अंतर्गत क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपके कपड़े आपकी खूबसूरती और आपका नॉलेज काम नहीं करता वहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन है आप जिस वे में जिस तरीके से वहाँ पर आपने आपको प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपसे आपके मुंह से बोले हुए जो शब्द हैं उनका वहाँ पर परीक्षण होता है किस तरीके से बोल रहे हैं किस शैली में बोल रहे हैं अगर आप सटीक ढंग से प्रॉपर वे में आ, व्यवस्थित तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और जो भी भविष्य में इस एग्जाम को लेकर के गंभीर हैं उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ आप संघर्ष करिए मेहनत करिए और मार्गदर्शन में रह करके इस एग्जाम इस परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण करेंगे ये मेरी शुभकामनाएँ हैं धन्यवाद